जब एक लड़की किसी लड़के से आई लव यू कहती है तो उसके लिए खुशी की बात होती है बट आई एम सॉरी श्रेया मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है आई डोंट मीन टू हर्ट यू, बट आई एम बीइंग डों एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए साथ ट्रैवल करना जरूरी नहीं है वो तो बैक पैक करने से पहले पता चल जाता है मैं तुम्हें नीचा दिखाने के लिए या फिर अपने आप को ग्रेट साबित करने के लिए नहीं कह रहा पर मैं ऐसी चीज में तुम्हारा टाइम क्यों वेस्ट करूं जो कभी होगी ही नहीं जनरली ये लड़कियों का डायलॉग है पर तुम्हारी वजह से मैं कह पा रहा हूं Let's be good friends.